जानिए रावण के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें पहली खास बात क्या रावण के 10 सिर थे कहते हैं रावण के 10 सिर थे क्या सचमुच यह सही है कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे कुछ विद्वानों अनुसार रावण छह दर्शन और चारों वेद का ज्ञाता था इसीलिए उसे दसकंठी भी कहा जाता था दसकण्ठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके दस सिर मान लिए गए जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार नौमणियाँ होती थीं। उक्त नौमणियों में उसका सिर दिखाई देता था जिसके कारण उसके दस सिर होने का भ्रम होता था हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के द्वारा दस सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे